नमस्कार दोस्तों वेलकम टू एग्जाम अपडेट जॉब चलिए आज हम आरआरसी ग्रुप डी के बारे में कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं नब्बे दिन तक एक शिफ्ट हुआ है एग्जाम जिसमें से 18 सितम्बर दो हज़ार अठारह के पेपर को थर्ड शिफ्ट का पेपर हमने डिस्कस करने जा रहे हैं और आप लोगों को बता दें जी से, के सेक्शन में पूरे 45 प्रश्न आने वाले हैं इसमें से आप लोगों को 15 प्लस लगभग करंट अफेयर देखने से मिलेंगे और चलिए मिला जुला हुआ क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आप लोगों को बताने का अगर है हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो को विजिट कर रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन परस करके दोस्तों को अधिक शेयर कर दीजिए उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में सबसे चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है कौन सा है परतु सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दें भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है भारत का भारत का पहला सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है सुपर कंप्यूटर परम परम आठ हज़ार परम आठ हज़ार है इसको कब विकसित किया गया था 1991 में विकसित किया गया था आप लोग इसे याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है कैसा होता है सफ़ेद ठीक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है इसके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ओ इसका जब रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस और जल का जल ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा हो जाता है सफ़ेद करंट अफेयर का प्रश्न है यहाँ पर करंट अफेयर का प्रश्न देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था जैविक खेती के समर्थन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की है किस राज्य की बात कर रहा है आंध्र प्रदेश उस... क्या बात है इसका सहिन् क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश देख सकते हैं यहाँ पर फिर से करेंट अफेयर का प्रश्न आ गया है और करेंट अफेयर का प्रश्न कैसे डील करना है आप लोगों को हम समझा ही दिए हैं 2022 में अगर यदि आपका एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों को 2020 और बीस और इक्कीस का पूरा लेकर चलना ठीक है चलिए है? देखते हैं 2018 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबाद नाबाद ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपना पहला केंद्र शुरू किया है यह किस शहर में प्रारंभ किया गया था किस शहर में यूपी में शुरू किया था और यूपी का किस शहर में लखनऊ लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए नक्स्ट प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है कौन सा है क्लोरीन। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है सही इंशोर क्या हो जाएगा क्लोरिन देखिए बाहबुली के प्रश्न आ गए हैं बाहबुली में फिल्म श्रृंखला में भल्लादेव के शरित्र का अभिनय करने वाला अभिनेता का नाम क्या है भल्लादेव भल्लादेव भल्ला के शरीर कौन निभाया था राणा दुर्गावती राणा दुर्गावती ने भल्लादेव का अभिनय किया था नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं सीरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुख्रिया में रही है यह किस राज्य से संबंधित है किस राज्य से संबंधित है तेलंगाना से ऐसा इंच पर जाएगा तेलंगाना दो में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया इसी तरह आप लोग दो और इक्कीस का लेटेस्ट देख लेंगे कि पद्मश्री किसे किसे सम्मानित किया गया है यहाँ देख सकते हैं 2018 का 2018 में एग्जाम हुआ था और यहाँ पर दो का पूछ दिया है 2022 है तो 21 का पूछ देंगे उस समय किसे सम्मानित किया गया था साक्षी मलिक को नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है कौन कार्य करता है भारत के प्रधानमंत्री इसका प्रधान अध्यक्ष होते हैं देखिए सांस से प्रश्न पूछा गया है दो सतह के बीच की अनियमित के परिणाम स्वरूप को क्या कहा क्या होता है क्या होता है फ्रिक्सन कहते हैं इसको ठीक है फ्रिक्सन हिंदी में इसकाश्वर इस क्या है घ प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है जीन इसका सेंस और क्या हो जाएगा जीन देखिए अगला प्रश्न देखते हैं यदि चालीस न्यूटन भार वाली कोई लड़की एक सौ की शक्ति से बीस सेकंड तक रसी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी पी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाई और डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी ठीक है पी कितना दिया हुआ है एक बराबर आपको निकालना है एम एम आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ 40 न्यूटन 40 इंटू जी आप 10 मान सकते हैं टाइम हाइट आपको निकालना है और टाइम आपका 20 सेकंड दिया हुआ है ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं 20 डे है, और यहाँ 20 पर 20 कटेगा आठ बार में ठीक है यहाँ पर सही इंस पर क्या हो जाएगा हाइट बराबर कितना है 8 मीटर नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप लोग बलेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है किस देश में स्थित है पोलैंड में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पोलैंड बेलेडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है पोलैंड देश में स्थित है चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं देखिए नेक्स्ट प्रश्न इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवे सारणी में झातु के रूप में नामित किया गया था जो है इका एलमियम के जगह में क्या नाम रखा गया था इससे आप रखिएगा बी एस बस बस के सामने हो जाएगा एक के सामने हो जाएगा जे गेल ऐसे सामने हो जाएगा जर्मनियम ठीक है बस से गेल जर्मनियम इसके यहाँ पूछा क्या है एक का एलमोनियम एक का एलमोनियम किसका हो जाएगा गैलियम का इसका सेंचुर क्या आ जाएगा गैलियम निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H6 इसके पहचानने का, का रीज़न है चलिए आपको हम बताते हैं कैसे पहचानिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है हाइड्रोकार्बन एक होता है हाइड्रोकार्बन ठीक है चलिए आपको हम बताते हैं सन्ट्रीफाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है सन्ट्रीफाइड्रोकार्बन में एल्केन और असंतृप्ट में एल्किन और एल्काइन एल्किन और एल्काइन एल्किन और एल्काइन एल्किन का फार्मूला क्या है CnH2n+2। एन यहाँ मान आप रखिए दो दो रखें तो इसका एल्कैन का फार्मूला बन गया एल्कि का क्या होता है CnH2n-2। और एल्काइन का क्या होता है CnH2n नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देख सकते हैं अगर यदि आपको अच्छा से नहीं दिखा रहा है तो सबसे पहले क्वालिटी को थ्री सिक्सटी कम से कम कर लीजिए यहाँ आपको अच्छी तरह से दिखाई देंगे चलिए देखते हैं अगस्त दो हज़ार सत्रह में भारत के पैंतालीसवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ली थी किसने ली थी दीपक मिश्रा ने अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है ये आप लोग कमेंट में कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें कि कौन है देखिए नेक्स्ट प्रश्न अस्सी के अस्सी के जी की वस्तु 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी क्या पूछा क्वेश्चन बहुत आसान है पी बराबर डब्ल्यू बाई टी पावर पूछा यहाँ पर तो डब्ल्यू बराबर आप जानबे करते हैं एम जी ठीक है टी बराबर टी ही रखना है और तो देखिए आप लोगों को हम बता देते हैं एम जी चलिए आपको क्या निकल जाएगा पावर एम कितना है अस्वी के और जी आपको तेल लेना है और हाइट कितना है चालीस मीटर चालीस मीटर हाइट है ठीक है उसके बाद यहाँ टाइम कितना डबा हुआ पचास सेकंड ठीक है और आप यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा चार इंटू टू एट एट इंटू एटीन कितना हो गया सिक्स फोर जीरो जूल पर सेकंड सिक्स फोर जीरो जूल पर सेकेंड यहाँ कितना छः साइंस का प्रश्न पूछा गया है रेगिस्तान पौधों की बाहरी त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है यह पदार्थ जो है मतलब कि किसके कारण मोम जैसे पदार्थ पाई जाती है जो तो पूछा गया है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्यूटीन सही आंसर क्या होगा क्विटीन देखिए नेक्स्ट प्रश्न फिर यहाँ करेंट अफेयर से रिलेटेड है अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी कौन बनी है यवनि चतुर्वेदी अवनी चतुर्वेदी इसका साइंस स्वर क्या हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी सीधा सीधी यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रतिबिंब पूछा गया है और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है सो दन चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है अवतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है आभासी और बड़ा चलिए आज का प्रश्न समाप्त होता है जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 19 सितंबर का पेपर को लेकर डिस्कस करेंगे कि इसमें से आपका जिए कैसे प्रश्न आए हैं चलिए मिलते हैं 19 सितंबर के वीडियो में अगर यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो विजिट कर रहे हैं है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर